तो हे गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक ही हो तो गाइस मैं आपका प्यारा डी जे सानुमाकार गांव में सहमान जिला मेटर नंबर वन यूट्यूबर तो आज गाइस मैं फिर एक एफिल्म सेटिंग लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है मैं जिस दिन बुला दूँ मैं तेरा प्यार दिल से गाइस ये बहुत अच्छी एफिलम सेटिंग है और कल ही ये न्यू गाना आया है तो इसलिए मैंने इसे आपके लिए बनाया है तो चलते अपने एफ एल के पास एक बार मैंने एक बार याद है आपको एक बार और ज़्यादा दिखाना आपने इसे बहुत प्यार दिया तो अब भी अपना प्यार देना तो चलते अपने एफ एल स्टोर के पास बिना किसी बकचोदी की तो गाई चलते अपने होम पेज पर होम पेज पर चलने के बाद अपना एफ एल स्टोराम खोल लेते हैं गाई और आपको मिक्सिंग दिखा देते हैं कौन सी मिक्सिंग हमने की है तो गाइस करते हैं स्टार्ट करते हैं गाइस थोड़ी देर लगे गई इस और गाइस हमारा एपल स्टोडो खुल चुका है और यही वो गाना है गाइस मैंने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है गाइस तो आप देख सकते हैं अभी ये अपलोड हो रहा है गाइस क्योंकि तो जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है ऐसे इस पे गाना अपलोड होता है पढ़ना मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है जब मैं इसे चलाता हूँ बिना अपलोड किए तो अभी आपको दिखा देता हूँ गाइस में बीपीएन 94 चलते है हैं वीडियो को स्टार्ट करते किसी कभी का, का ही होगा हमारा गांव है ग्राम है सा डब्ल्यू डब्ल्यू डीजे महाकाल इन इलाका किसी कभी धमाका ऑपरेटर कभीटे का ही होगा हमारा गांव है ग्राम तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस इसमें मैंने क्या क्या लगा रखा एक है एक मिनट गाइस का दिखाया तो आपको ये गाइस हार्ड किक है ये हार्ड किक है गाइस इसमें ये देखिए और इसके साथ ये देखिए क्या क्या है इसमें ये देखिए पैटर्न के साथ क्या सचती है तो गाँव इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको डरम है डरम है हीटेट है लो हीटेट फिर डरम है डरम है हीटेट है और ये भी भीट है ये भी भीटेट है ये डरम है ये भी डरम है ये घुंगू है ये घूंघरू है और ये सीटी है ठीक है इस तो और ये कुछ इस तरह बनाया मैंने ये देख लीजिए तो गाइस और ये कुछ इस तरह है सिर्फ सुन लीजिए और सिर्फ सुन लीजिए एक मत का इसे तो गाइस ये सुन लीजिए मैंने सारा रुपंदर की स्टाइल में बनाया डीजे जे का नाम बहुत है तो उनकी सारी स्टाइल में बनाया काश आपका इतना प्यार मिल चुका कि मैं 30 मिनट में अपनी मिक्सिंग पूरी कर देता हूँ ठीक है काश तो यारो लाइक करो शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ हमारी वीडियो कैसे लगी और बहुत श्रम हमें आती है कि हम दस कमेंट मांगते हैं आप पूरे नहीं करते हमने कल की वीडियो पर भी कमेंट मांगे थे और आज की वीडियो पर मैं बीस कमेंट मांगता हूँ आप लोग पूरा करोगे आपसे हमें उम्मीद है आप पूरा करोगे हम आप अप, आप अपना हमें अपना बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ठीक है का तो आज की वीडियो में पासवर्ड है तो पासवर्ड को जल्दी से पूरा देखिए वीडियो को पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा ठीक है का इस और आपका इतना प्यार है कि मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं सात वीडियो अपलोड हो चुकी है और काश यारो थोड़ी शर्म का यारो लाइक कर देख, कर देख तो रहे हो यारो सब्सक्राइब कर दो कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपके और बेल आइकन करो दबा देख रहे हो आल पर क्लिक कर देख रहे कि आने वाले मेरी नई आप पुरानी वीडियो सबसे पहले आप देख सको यार मैंने मिक्सिंग सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं मिक्सिंग सिखाता दो तो कम से कम कुछ तो कमेंट कर रख यारो आप एक दो कमेंट कर दे तो उसमें मेरा क्या होगा यारो ठीक है और यूट्यूब को भी शरम नहीं आती कि अपने भाई को छो छोटे भाई को ना हमारे सब्सक्राइब को शरम आती कि अपने छोटे भाई को